नमस्कार। मैं वैद्य सुभाष जैन। आपका व्यासपीठ रायगढ़ जिला जेष्ठ नागरिक संघ कुल राम आश्रय स्मृति सेवा संस्था इनके संयुक्त विद्यमानों से व्याधि क्षमत्व या इमिटी इस विषय के ऊपर व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं तो इसमें व्याख्यान माला में आपका सबका स्वागत है 20 महीने से सकल जगत कोरोना वायरस संक्रमण ग्रस्त है पहली तो लहर खत्म होने के पहले ही दूसरी लहर कोरोना का अपने रूप बदल करके डेल्टा वायरस के परेशान किया उसकी तीव्रता से ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने से बहुत ही गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा विदेशों से भी मंगवाना पड़ा या आप सबको है। मेडिकल को से मेडिकल तथा डॉक्टर को कोविड बीमारी का उपलब्ध हो जाने से बहुत लोगों को इसको लाभ दिख रहा है संक्रमण की गति कम हुई परंतु खत्म नहीं हुई यह नहीं हुई विशेषज्ञों के संकेत से यह वायरस की तृतीय डेल्टा से पुनः संक्रमण होने होने की है है है और इसका असर बालकों पर होने वाला यह केवल नियंत्रण स्कूल में जाना सिनेमा हॉल शादी ब्याह के लिए हाल खुला करना परंतु दुर्भाग्य वश से अफ्रीका आदि देशों में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की अः उसका कोरोना वायरस टेक्निकल नहीं भी ऐसा है। इसका में पाया गया और इसका पहला भी जल्दी हो रहा है भारत तेरह कंट्री में इसका पहला हो चुका हूँ अपने भारत में इसका ओमिक्रॉन का संक्रमण से 44 लोग व्यस्त व्यधिग्रस्त हो गए हैं तो और अपने महाराष्ट्र और बॉम्बे और महाराष्ट्र में 20 लोगों को ओमिक्रॉन वायरस से सेंट्रल सेंट्रल में संक्रमणग्रस्त हो गए हैं यह कोरोना वायरस ओमिक्रॉन बहुत ही जल्दी और फास्ट ट्रांसमिशन होता है परंतु सौम्य होने से इतना डरने की जरूरत नहीं है परंतु वैक्सीनेशन के दो डोज लेने के बाद भी कुछ लोगों को इसको इंजेक्शन हुआ ऐसा मालूम पड़ रहा है कोविड जैसी बीमारी या वैक्सीनेशन का सत्र चल रहा है परंतु अलग अलग, अलग, अलग बीमारियां है अलग-अलग ऐसी -अलग जो बीमारियां आ रही है आती जाती है दो महीने दो साल तीन साल में जो वायरल इंफेक्शन की बीमारी आती है उनके हर इसको वैक्सीनेशन किया जाता है छोटे बच्चों का आ, कार को भी देखेंगे हेल्थ केयर का कार्ड रहेगा उनका वैक्सीनेशन कार्ड रहेगा कम से कम उसमें अठारह से 19 वैक्सीनेशन है तो यही सभी वैक्सीन सब लोगों को भी और सभी को करना भी संभव नहीं हो सकता है परंतु अपना जो प्रकृति है अपनी स्वाभाविक प्रकृति है उसका इम्यूनिटी रोगों प्रतिबद्ध अच्छी रहेगी तो छोटी मोटी जो बीमारियाँ मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया सर्दी खांसी ऐसी जो भी बीमारियाँ हैं वो बीमारी नहीं होती है या होएगी तो भी कम सौम्य स्वरूप में होती है तो इसमें वैक्सीनेशन या इससे प्राप्त इम्यूनिटी या नैसर्गिक अपनी जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी ये छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं हो सकती तो ये इसलिए वैदिक व्या, क्षमत्व तो अच्छा रहे इसलिए हम आयुर्वेद व्यासपीठ में इस साल वैदिक क्षमत्व तो के ऊपर व्याख्यान अरेंज कर रहे हैं बहुत जगह इसका अच्छा मिल रहा है व्यादी शमत्व, व्यादी शमत्व। इसमें या में ऐसे दो शब्दों का प्रयोग है व्याधि यानी कफाती दोषों से जो अः व्याधि होती है ज्वर अतिसार ऐसे जो व्याधि वो नीचे व्याधि है और बैक्टीरिया वायरस बंगाल आदि जो बाह्य कारणों से होती है वो हो, अगंतुक व्या होती है कोरोना ये अगंतुक वैधि है और शक्ति रहती है उसको वैधि या वैधि सहन करने की क्षमता कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ दिन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया वायरस टॉक्सीज विच इंटर दी बॉडी इम्यूनिटी दो टाइप के इम्यूनिटी है नैसर्गिक रोग प्रतिकार शक्ति से त्वचा तो अंतर्गत त्वचा तो तो स्कीन म्यूकस बैरियर है सूक्ष्म जीवाणु विषाणु दुलीकान के उनके भी ने तो याइम एक्टिव एक्वाड इम्यूनिटी के एक्टिव और पैसिव ऐसे दो, दो भेद है, है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के भी नेचुरल और आर्टिफिशियल ऐसे दो भेजे एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्सुरप इन्फेक्शन से एंटीबॉडी वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है और इम्यूनिटी डेवलप एंटीबॉडीज डेवलप ड्यू टू दी वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिम्यूनिटी के भी नेचुरल आर्टिफिशियल ऐसे दो भेजेटी डेवलप्स आफ्टर यू receive ज फ्राम समय टूट आर्टिफिशियल इनिटी इन बॉडीज रिसिव्ड फ्रॉम मेडिसिन दैट the द गैमाग्लोबिन इन इंजेक्शन और अदर मेडिसिन दीज आर दर्टिफिशियल पैसिविलिटी और इस कोरोना के इसमें एक कम्युनिटी इम्यूनिटी ऐसा एक आ, शब्द प्रयोग बहुत जगह किया गया था या हर्ड इम्यूनिटी जैसे धार्मिक जैसे जो बहुत भीड़ जैसे लोगों में रहते हैं उस लोगों में भी कोरोना का बहुत संसर्ग हो गया था परंतु जो एक का एक संसर्ग होने से एक जो पॉजिटिव ये रहेगा तो वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करता है परंतु उनको सिमटम नहीं मिलते यानी उनके सिम्टम नहीं मिले तो भी उनके शरीर में एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है ऐसे जो कम्युनिटी है ज्यादा लोग है, सम, सम है वो लोगों में जो इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसको धारावी uh, जैसे एरिया कोरोना तो से बहुत जल्दी मुक्त पाया गया अभी जो अभी अठारह साल के जो बच्चे अठारह साल के ऊपर के लोगों पर उनको Uh, किसी को तो कोरोना कौ, भी हो भी गया है अठारह साल के ऊपर के लोगों को एक और दो डोज भी हो गए किसी को एक डोज होगा किसी को दो डोज हो गया यानी वो से उसमें फोर्टी परसेंट किसी के ऊपर के लोग हैं जो उनको वैक्सीनेशन होने से उनको कोरोना का इम्यूनिटी प्राप्त हो गया परंतु जो अठारह साल के नीचे बच्चे है उनको अभी तक वैक्सीनेशन उपलब्ध ना होने से अठारह साल के बच्चों के लिए अब इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी के ही उनको डिपेंड रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा इसलिए उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से प्रतिबंधक उपाय उनको लिए करना चाहिए और ये जैसे अभी कोरोना की इम्यूनिटी अपने देखा वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी है इसके लिए जैसे दूसरे बीमारी जो है चिकनगुनिया मलेरिया और अन्य जो गुनिया द जंतु से होने वाली जो बीमारियाँ उनको प्रतिकार करने के लिए अभी तक वैक्सीन तय सबका वैक्सीनेशन लेना संभव नहीं है परंतु ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका प्रतिकार करने के लिए अपने शारीरिक जो नैसर्गमूनिटी है वो बढ़ाई जा सकती है वो किसी बढ़ाई जा सकती है आयुर्वेद का जो, जो अनुसरण करेंगे तो उससे अपने, अपने बढ़ा सकते हैं आयुर्वेद केवल रोग निवारण करने का शासन नहीं किन्तु रोग न हो शरीर और मन स्वस्थ रहे निरामय रहे इस तरह का न्याय प्रदान करता है स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद दिनचर्या ऋतुचर्या आर सेवन विधि पथ्यापत्य विरुद्ध आहार मितयाद्रा मलमुद्रदि वेगों का प्रवुक्त न करना या वेगों जबरदस्ती अनुपूर्ण करना काम क्रोध आदि करना पालन करना इनके अनुसरण से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद जो दिनचर्या ऋतुचर्या जी कही वो दिनचर्या सुबह उठने से रात के सोते समय जो शारीरिक मानसिक कर्म कृति किया जाते हैं वह सभी दिनचर्या में समावि होते हैं ब्राह्म्य मूर्ति उत्ष्ट ब्राह्मण सुबह प्रातः बजे उठना पांच से या छह बजे के पहले उठना उठने के समय नींद पूरा होना चाहिए नींद पूरा होने के लिए होते समय जो अपन सुबह उठते है उस टाइम को रात में खाया हुआ अनाज का अन्न आहार का पचन सम्यक होना शरीर में जाड्यता अंग होना मलमूत्र का विसर्जन सहज किसी कष्ट से न होना थकान महसूस न होना शरीर मन उत्साहित प्रसन्न रहना निद्रा पूर्ण होने के लक्षण है उसी समय उठना चाहिए उसी समय उठना चाहिए प्रातः काल वात का काल होने से इस समय मलमूत्र वात का सहजता से निर्गण हो सकता है शरीर मन प्रसन्न रहना उत्साहित रहने से ध्यान धारणा के लिए यह समय बहुत अच्छा होता है अच्छी निद्रा से चिंता मनोव्यता दुख भूल जाता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी निद्रा है। रात में से तक सोना चाहिए तो जाक, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है कोरोना संक्रमण काल में चिंता काजी भय आदि कारणों से निद्रा अल्पनिद्रा अनेक व्यक्तियों में देखना देखने को मिला है इसके लिए चिंता अधिक चिंता न करना अधिक विचार न करे ध्यान धारना इष्ट देवता स्मरण योगाभ्यास मन से मन पर नियंत्रण करके या योग निद्रा का प्रयोग करके आप आराम से सो सकते हैं सोते समय सिर और पैर को तेल का मालिश करने से निद्रा अच्छी आ सकती है रात के सोते समय गरम मैस का दूध चक्कर डाल के पिए तो भी निद्रा आ सकती है उठने के बाद में जो जो फर्स्ट अपन ट्रम जो है दंत दामन करना है दंत दामन मुख प्रक्षालन है मुख प्रक्षालन के लिए दंत दामन के लिए आ, आ, अभी सभी जगह पेस्ट यूज करते हैं, पर पेस्ट के बजाय आयुर्वेद ने अर्जुन खीर बबूल गोड़ी निम्ब बेड़ पिंपर आदि कड़ू तुरट रस वाले वृक्षों के बारीक चूर्ण से या उनकी छोटी दंडी से चुना दंत दामन करने को कहा है नस्य नाक में तेल या खोबरेल तेल अनु तेल पंचेंद्रिय तेल के दो दो गुन डालना तो इसको नश्य कहते हैं नस्य क्रिया से नसिका के अंतर्गत त्वचा स्निग्ध रहती है नाक बंद होता होगा खुल जाता है इसमें श्वास लेने की कष्ट नहीं होता है नासिका के अंदर जो बाल रहते हैं वो स्निग्ध त्वचा स्निग्ध हो जाती है स्वाद का रहने से स्वाद स्वास लेते समय धुली कूक्ष्मूम सूक्ष्म जीवन अंदर नहीं जा सकते इसी स्थान पर रुक जाने से कोरोना या अन्य जो बैक्टीरिया विषाणुना नीलगिरी तेल के बूंद डालना नाक के मुंह में बाप अंदर से तक जाने देना या गोवा ओवा बड़ी से गुड़ रात के, के गोरी या कोयला के ऊपर डालकर उसका दुबा नाक मुँह से अंदर जाने देना या जो जगह है अपन जो रहते हैं आजू बाजू का जो परिसर है उसको भी सुरक्षित करने के लिए और पोल्यूशन फ्री करने के लिए धूम सेवन का उपयोग कर सकते हैं गंडूस कवल गार्गलिंग तिल तेल सरसों या नारियल तेल एक चम्मच लेके दो तीन मिनट पूरे मुँहों के घुमाए यानी बाद में थूक देना उसके बाद में गरम पानी में सेंडव हड़द तुरटी तिरफा डालकर के कुलना करना, यानी करना साफ करना बाष्प सेवन गंडू से नाग में संचित होकर बाहर कोरोना विषाणु का प्रारंभिक अटैक स्थानी होता है इन क्रिया से आगे श्वास नलिका पुबूस में जाके सर्दी जुकाम ताप श्वास नहीं कर सकते हैं इनका प्रतिबंध प्रवेश द्वार ही महाबिमारी का बचाव हो जाता है इसी कारण कोविड आयुष विभाग में भी ऐसा एप्लीकेशन ऑयलिंग थेपी ऐसे उपचार प्रतिबंधक उपचार या उसमें ट्रीटमेंट में भी उनको स्थान दिया था अभ्यं तेल से पूरे शरीर को मालिश करना नित्य मालिश करने से बुढ़ापा अभम के लिए तिल तेल खोबरे तेल या सरसों को तेल का नारायण नारायण बला चंदन बला रक्षित तेल का उपयोग किया जाता है त्वचा तो स्पर्शेंद्रिय है त्वचा तो सर्व शरीर में व्याप्त है वह द्रुढ़ मजबूत रहने से भाई जीव जंतु से बचाव करती है layer, corneum, इस फिजिकल ऑफ ऑफ बॉडी, इट्स आउटर टॉप लेयर, बैक्टीरिया और वायरसेस। तरह ये तोचा अपना अंदर बैक्टीरिया कौन सा भी वायरस बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकती इस तरह रोगों प्रतिबंधक उपचार किया जा सकता इसलिए त्वचे के लिए अभ्यंग करना बहुत ही फायदेशील सर्वांग मालिश करना संभव नहीं हो तो कम से कम शीर और कान में ही चाहिए। इंद्रियों का स्थान है। नित्य सीर को तेल डालना का, का काला होना आता है गिरते नहीं श्वेत नहीं होते रात के समय शीर को तेल मालिश करने से निद्रा अच्छी आती है कान श्रवण इंद्रिय का स्थान है कर्ण तर्पण करने से अति उच्च आवाज सहन करने की क्षमता रहती है है है नहीं होता है। अंतर इज द ऑफ शरीर का तो बैलेंस का का टीवी मोबाइल वीडियो व्यूट्यूब आदि साधनों के वो अधिक उपयोग करने से भ्रम चक्कर निद्राना बेचैनी आदि अनेक लक्षण पाए जाते हैं और लॉकडाउन के कालावधि में इन साधनों का योग हो रहा था इसलिए स्वास्थ्य करन थकान सीधा संकोच नहीं होता है पाव दृढ़ होते हैं व्यायाम व्यायाम शरीर आया कर्म व्यायामित जिस कर्म से शरीर में थकान का अनुभव हो उसे व्यायाम करते हैं व्यायाम से शरीर में हल्कापन महसूस होता है कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है अग्नि पाचक अग्निम से व्यायाम अर्ध शक्ति, शक्ति यानी माथे पर का पसीना आने पर व्यायाम बंद करना चाहिए व्यायाम से हृदय की धड़कन बढ़ती है नाड़ी जलद स्वास्थ्य की गति बढ़ती है व्यायाम बंद करने के बाद में दो तीन मिनट के पूर्वक मिनिट में ही सब पूर्वत होना उचित व्यायाम की मात्रा समझनी चाहिए लॉकडाउन काल में श्रमजन काम कम और घर में बैठ के रहने ऐसी परिस्थिति में सूर्य नमस्कार आसन इस तरह से व्यायाम कर सकते हो व्यायाम न करने से आहार पचन ठीक से नहीं होना अलस्य सुस्ती मेघ कफ की रुद्धि वजन बढ़ना हो सकते हैं इसलिए सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम घर में बैठ के भी कर सकते हैं योग्य मात्रा में व्यायाम करना रोगों प्रति शक्ति बढ़ने के लिए उपयुक्त है जिसको स्वास्थ्य दवा खांसी टीबी रुद्रो कमजोरी हो उन्होंने श्रम व्यायाम नहीं करना चाहिए व्यायाम सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा व्यायाम है सूर्य नमस्कार के जो जो स्टेजेस है इस तरह से व्यायाम करेंगे तो अपना पूर्ण शरीर को व्यायाम मिलता है प्राणायाम अनुलोम लोम कपाल भाती आसन मुद्रा योग के मार्ग से करना चाहिए ोम विलोम जैसे दीर्घ श्वसन करने वाले प्राणायाम से कुपोष श्वसन यंत्र की कार्य शक्ति बढ़ती है कोरोना वायरस से होने वाले सीवियर एक्टिव डिस्प्रेटरी सिंड्रोम में कुपोष तथा श्वसन संस्था बलवान होनी चाहिए इसलिए प्राणायाम करने से या दीर्घ श्वसन करने से सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्प्रेटरी सिस्टम बलवान होती है और ये बहुत ही फायदेशील होती है अनुलोम विध प्रकार के मुद्राएं भी योग शिक्षक के द्वारा आप कर सकते हैं इससे अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं व्यायाम के बाद नागर मठी लोद्र कड़ी नीम के पत्ते सिक्के रिठा हलद चंदन सालिवा मंजिष्ट का चूर्ण पानी या दूध के साथ के शरीर पर रगड़ने से शरीर में संचित मेले का क्षय होता है तो केवल के बेसन का भी प्रयोग किया जा सकता है नित्य साबन शैम्पू का इस्तेमाल करने से त्वचा तो वृक्ष शुष्क हो जाती है परंतु कोरोना जैसे वायरस का प्रतिबिंब उपाय में साबन से 10 मिनट तक हाथ धोनाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है परंतु इरिटेशन दहाक्षणों की तकलीफ किसी लोगों को भी दिखने को मिलती है इसके लिए उपरुक्त औषधि लेप करने से कंडू अरक्तता आदि कम हो जाती है स्नान गरम या कोष्ण जल से स्नान करे स्नान पानी में कड़ू के पत्ते डाले साबन के बंदे चुगटन का चूर्ण करें धोए सीखे रीठा नागर का प्रयोग करें सिर के ऊपर अधिक गर्म पानी न डालें, जिनको नित्य स्नान न करेंजा बशक थका नाश होता है शरीर और नोसाह होता है कोरोना संसर्ग से बचने के लिए किसी बाह्य वस्तु का स्पर्श करने के बाद या बाहर जाके आने के बाद सावन बीस दिन तक सावन से बीस सेकंड तक हाथ धोना यह अनिवार्य हो गया है घर में प्रवेश करने के पहले चप्पल जूता निकाले हाथ पाव धोना यह अपनी परंपरा रही है इसका महत्व तो आज भी महसूस कर रहे हैं जो व्यक्ति बाहर काम करके रहते हैं कोरोना क्राइसिस में मैनेजमेंट में है उन, उन्होंने घर में प्रवेश करने के पहले ही स्नान में जाके स्नान करके ही अन्य परिवार वाले से मिले तभी गर्म वस्तु गर्मी या गर्मी में दो, दो टाइम स्नान कर सकते हैं स्नान के बाद संपूर्ण शरीर अच्छी तरह से पोचे चंदन कस्तूरी ऐसे का द्रव्य से लेप लगाना या मोती पौड़े पाचू बनी धारण करें स्वच्छ ऋतु के अनुसार वस्त्र प्रदान करें करोना के प्रतिबंधात्मक नाक कान में उपयोग करने प्रतिबंधक में नाक मुंह को मास्क का उपयोग करें, मास्क स्वच्छ कपड़ों ही रहे दूसरे का उपयोग मास्क का उपयोग न करे धारणीय अधारणीय वेग आयुर्वेद में धारणीय और धारणीय एक अन्य साधारण सा महत्व का यह है उपस्थित होने पर इनको रोकना नहीं चाहिए या जबरदस्ती से भी प्रवृत्त नहीं करना चाहिए मूत्र प्रवृत्ति की संवेदना होने पर मूत्र प्रवृत्ति न करने से अधोधर में पीड़ा होना पेट खुलना मूत्र से सकस्ट मूत्र त्याग होना की संभावना रहती है निद्रा आने पर न सोने से शीर शूल चक्कर निरुत्साह बेचनी मानसिक विकार होते हैं इस तरह के अन्य वेगो को रोकने से या धारण करने से या जबरदस्त से प्रवुक्त करने से अनेक प्रकार के विकार होते हैं रोगासर्वे जायते वेगो उन करने से बल शक्ति का होता है इसलिए वेगो का धारण या उद्दीरन न करें सुधा तुष्णा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए वेगो के जानकारी के लिए आप आयु स्वास्थ्य के ऊपर जाके उसमें अधिक जानकारी ले सकते हैं मानसिक वेग में काम क्रोध लोक मुह मेष मानसिक स्वरूप है इनका प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण करना चाहिए ऋतुचर्या जैसे अपन दिल्लीचर्या करते हैं वैसे ऋतुचर्या भी आवे, में दिया हुआ है अपने भारत देश में नैसर्गिक वातावरण के अनुसार वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत छह ऋतु है इन छह ऋतुओं के हवा में बदल देखने को मिलता है और स्वास्थ्य बनाने रखने के लिए अपना आहार में भी परिवर्तन करना पड़ता है और वातादी दोषो का होती है उनके अनुसार उनके शोधन भी करना अनिवार्य होता है वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है या कफ को वमन नस्य द्वारा शरीर बाहर निकालना योग्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए किया तो उनका स्वास्थ्य और निराय जीवन रहता है ऋतुचर्या का विस्तृत ऋतुचर्या के लिए आप आयुष स्वास्थ्य डॉट कॉम इस वेबसाइट को भी जाके और जानकारी ले सकते हैं आहार प्राणी नाम पुनर् मूलम आहारो जसा, जसा ओज का कारण आ रही है जो हम प्रतिदिन सेवन करते हैं उसी से ही अपने शरीर के घटक भाव के पोषण होता है इंद्रिय मन की तृप्ति होती है वह स्वास्थ्य वर्गक हो निरोगी और निरो, स्वास्थ्य विरोधी न हो अपनी प्रकृति वल ऋतु व्यवसाय देश आदि के अनुकूल होना चाहिए इस सभी विवेचन आयुर्वेदी आहार संकलन में किया गया है आहार की मात्रा व्यक्ति ने योग्य प्रमाण में आहार का सेवन करना चाहिए यह आहार मात्रा पाचक पाचक आग्नि के आधार निर्धारित होती है अग्नि बल हर एक व्यक्ति का अलग अलग रह सकती है वह उस व्यक्ति के पाचन शक्ति के ऊपर निर्धारित है योग्य मात्रा में आहार सेवन करने से आहार के अच्छी तरह से पचन हो, होके उसी से आहार रस से शरीर बल वर्ण वर्ण की वृद्धि होती है वाला तो की सम्य मात्रा समानी चाहिए हार द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट विटामिन्स मिनरल्स आदि द्रव्य की मात्रा कितनी होनी चाहिए और उनसे कितनी मात्रा में एनर्जी कैलोरी मिलती है इसका विवेचन विश्लेषण आधुनिक आहार शास्त्र में किया हुआ है उसके आधार पर उनकी आहार सेवन प्रमाण निश्चित होता है परन्तु हम जो आहार सेवन करते हैं उसका पाचन करने का कार्य पाचक करती है वह पाचक आदमी हर व्यक्ति के भिन्न होने से हर व्यक्ति का मात्रा भी भिन्न रहती है कोई चार रोटी एक वाटी भाग सब्जी का पाचन कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति उतना ही या ज़्यादा कम भी हजम कर सकता है यानी हर पाचन शक्ति के ऊपर ही निर्धारित है अर्थात व्यक्ति सापेक्ष है भोजन काल आहार सेवन कभी करें पूरी खाया हुआ आहार का पचन होने के बाद मलमूत्रों का विसर्जन होने के बाद शुद्ध ठेकर आने के बाद अग्नि प्रदीप्त होने के बाद फूक लगने के बाद आर सेवन किया जाए तो वर्ण करता है यही मोजन काल है यही काल सुबह से बजे और शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए अपने पेट के चार भाग कल्पना करके दो भाग घन यानी रोटी चावल आदि से एक भाग द्रव भाग यानी चाह आदि से और एक शेष भाग रिक्त रखना चाहिए यानी उसमें आहार का अंदर का चलन वलन के लिए एक भाग रिक्त रखना चाहिए भोजन में मन तृप्त तो होना चाहिए आना चाहिए। जो पदार्थ भोजन में गुरु है वो कम पात्र में खाए देर रात को खाना न खाए दो भोजनों में पांच से छह घंटे का अंतर रहे भोजन के उपरांत कम से कम दो घंटे पानी के अलावा किसी चीज का सेवन न करे भोजन के बाद तुरंत सोना व्यायाम बैतूल स्नान न करे आहार द्रव्य लाल रंग की शाली बात, साटी बात, कम पॉलिश वाला चावल पुराना गेहूँ ज्वार सातु मसूर तुवर, चना, दूध, तुअर गुड़ जंगल प्राणियों का मांस मटन चिकन मछली अंडा मांस, मच्छी यह पदार्थ खा सकते हैं। ये मांस मटन मच्छी स्वच्छ ताजा स्वस्थ पक्षु पक्षियों के अच्छी तरह से पकाए हुए खाए कच्चा न खाए बैड जंगली बिल्ली आदि प्राणियों का कोरोना संसर्ग से हुआ था इस टमाटो गोभी पत्ता मेथी पालक मिर्ची आदि सब्जियां खा सकते है अदरक जीरा मोहरी सुन्द मिरी लवंग दालचीनी वेलची हिंग सेंद आदि मसालों का यथाउपयोग करें इन द्रव्यो के इन द्रव्यों के उपयोग से व्यंजन रोचक सुगंधित स्वादिष्ट होते हैं इन से पाचक अग्नि बढ़ती है तो इन का उपयोग कर सकते हैं तेल तेल में तिल मूंगफली सरसों नारियल तेल और रिफाइंड तेलों का प्रयोग करें लींबू छिंज कोकम आदि अम्ल द्रव्यों से पाचक पाचक्रस का श्रवण अच्छा होता है पाचक बढ़ता है फलों में अंगूर अनार पपीता केला संतरी मौसमी चिक्कू सेब अमरुद जामुन आम पलिंग पाइनापल चेरी स्ट्रॉबेरी आदि फल नारियल खारी, बेदाना बदाम काजू अखरोट, पिस्ता आदि ड्राई और अपने देश में होने वाले फल फ्रूट ही सेवन करे सीजनल फ्रूट ही खाएं, फल फ्रूट चबा के खाना अच्छा रहता है रात के समय या दूध के साथ फल कभी न खाएं। पत्ते वाली सब्जियां या कड़धान्य हर रोज न खाएं। गटार या गंदे पानी से उगा उपजाई हुई सब्जियां न खाए आहार मधुर अम्ल लगन कटू तिक्त कसा ऐसे सट रसात्मक अपनी प्रकृति बल देश व्यवसाय आदि अनुसार हो परंपरागरा हो स्निग्ध गरम ताजा हो विरोधी गाय मित्र करी आदि प्राणियों का दूध का उपयोग कर सकते हैं गाय का दूध इन सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है दूध में हल्दी डाल के पिए इनका प्रयोग पाश्चात देशों में भी हो रहा है उसे गोल्डन मिल्क के नाम से वो लोग पी रहे पेयों में सरबत संतरी मौसमी पाइनापल कोकम लींबू गन्ना नारियल का पानी शांति के लिए पिए कोल्ड आइसक्रीम शरबत न करें, चाय कॉफी ज्यादा न पिए पानी गर्म पानी पिए छान के पिए गर्म पानी में मुख कपनाशक है सिद्ध कप जल पी सकते हैं जल में जीरो जरिया धनिया खत चंदन मुस्ता लवोंग दालचीनी आदि द्रव्यों से सिद्ध पानी पी सकते हैं सुवर्ण सिद्ध जल पी सकते है का का प्रारंभ गला में ही होता होता है। है। गर्म पानी पानी से इसका होता है। इसी कारण पीने का सलाह दिया है का किया ठंडा पानी, पानी या न पिए ग्रीष्म ऋतु में मटके का पानी पिए प्यास लगने पर ही जल पिए जितना प्यास हो उतना ही पानी पिए रात के सौते समय या सुबह खाली पेट पानी न पिए हर सेवन प्यास लगने पर ही जल पिए जितना प्यास लगता है उतना ही पहले पान पिए रात के सोते समय या सुबह खाली पेट पानी जलपान न करें आहर सेवन विधि आहर द्रिकुणधर्म अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप आयुष स्वास्थ्य डॉट कॉम इस वेबसाइट में जाके अधिक विस्तार से जानकारी ले सकते हैं व्यसनाधीनता मद्यपान तंबाकू गुटका बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा चरस आदि व्यसन शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होते देर तक मोबाइल का उपयोग करना वीडियो मोबाइल गेम खेलना है में मिर्ची, मसाला, तला हुआ, बासी खाए जंक खट्टा नमकीन पदार्थ मछली आदि विरुद्ध, विरुद्ध आहार सेवन न करे फ्रिज बेकरी पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम न खाए मद्यपान तम्बाकू भुटका बीड़ी सिगरेट आपीम गांजा सरस का आदि व्यसन न करे रात्रि जागरण देर तक रहना, दिन में सोना अतिश्रम व्यायाम मैथुन न करे अति उपवास असमय भोजन अधिक मात्रा या कम मात्रा में भोजन न करे चिंता न करे इस तरह आयुष डिपार्टमेंट में भी ऐसा एक गर्म पानी पियो डेली योगासना करो प्राणायाम करो हल्दी जीरा, धनिया इनका सिद्ध जल और गार्लिक ऐसे पदार्थ खाने के लिए सूचित किए थे तो के लिए लवंग पानी में मिक्स करके खाने का कर लिया था गर्म लीव्स किया अलग अलग ऐसे तरह का आयुष डिपार्टमेंट ने सजेशन किया था लेजर अप्लीकेशन ऑयल पोलियोथेरापी ऐसा आयुष डिपार्टमेंट में सूचित किए हुए हैं अमेरिटी बनने के लिए च्यवनप्राश हर्बल टी इसको कोरोना काड़ा भी बोलते हैं गोल्डन मिल्क सजेशन किया था। द कर्मों का पालन ठीक न करने से तो आपने शारीरिक, प्रतिका शक्ति कम हो जाती है तो आप छोटी-मोटी से हो। विकार, उसे बढ़ाने के लिए आयुर्वेदी रसायन जीवनीय व्यवस्थापक औषधियों का प्रयोग करके रोग प्रतिका शक्ति कोई दुष्परिणाम करते हुए बढ़ाई जा सकती है यह औषधिया कोविड नाइन्टीन महा बीमारी के बचने के लिए आयुष विभाग ने या आयुर्वेद तज्ञ ने कुछ औषधियों का सूचित किया था उसमें अश्वगंधा अश्वगंधा चूर्ण वृद्ध तेल वटी अरिष्ट अवलेय यूज कर सकते कल्प तेल अमल की की की रसायन अमल की प्रास, हरितकी हरितकी हैूर्ण सिद्धि अमृतरिष्ट संशमनी वी पिपली चौसठ पिंपली वर्धमान पिंपरी बला गुड़वेल शुंठ पिंपरी मिरी अमल की हरितकी त्रिपा कर सा सारीवा ज्य लहसुन आदि वन का विकल्प उपयोग ला सकते हैं। और आयुष डिपार्टमेंट ने कोरोना काढ़ा एक किया था कोरोना कोरोना काढ़ा में तुलसी पत्र सुंठ मीरी दालचीनी या दा चार द्रव्य का घनक वातावटी बना के गर्म पानी विद्रव्य करके हर्बल टी के सुबह शाम कर सकते उसमें शक्कर डाल सकते जिसको शक्कर की बीमारी है वो शक्कर नहीं डाले उसमें नींबू के दो दो दोन के पी सकते हैं और जिसको शक्कर नहीं है वो पुराना गुड़ या मनु का डाल के पी सकते हैं यह काड़ा माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने जिक्र किया था वो यह अग्निवर्धक पित्तवर्धक कफवात नाचक है सुवर्ण रौप्य लोहो अभ्रस्म मुक्ति प्रवाह जसत वंग मृकशृंग भस्म चिराजी मकर द्वर वसंत कुमार वसंत का उपयोग से कर सकते हैं शारीरिक बल से बढ़ाया करना मैथुन अतिश्रम क्रियावादी धैर्यवान तपस्वी देवता वो ब्राह्मण आचार्य विद्वान इनका मान सम्मान करना क्रूरता से दूर रहना दातावान दयावान होना सम्यक निद्रा सदा दूध दीप का सेवन करना देश काल मात्रा ये प्रकृति आदि के विचा, आदि का विचार करके आहार विनाचरण करना यह दीर्घायु सत्यपरा समान अपी चौते रोग सदैव हित कर आहार विहार सेवन विचार पूर्वक कर्तव्य करने वाला विषयों का वश न करने वाला त्यागी सर्व प्राणी मात्र में सर्वभाव रखने वाला सत्यवादी सहिष्णु क्षमावान या आप व्यक्तियों तो का आदर करने वाला पुरुष निरोगी रहता है इस तरह हमने व्याधि को, यानी इम्यूनिटी आयुर्वेद दृष्टिकोण से कैसी बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में विचार किए आप भी अपने आयुर्वेदी दिनचर्यातुचर्या तो का पालन करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और निरामय स्वस्थ रहिए धन्यवाद थैंक यू